प्यार एक सजा है मुझे इस तरह बतागी क्या प्यार एक सजा है मुझे इस तरह बतागी मेरे हाथ में होटल का इतना लंबा बिल सजागी अरे भाई साहब झुंझुनू जुन सिटी की रहने वाली थी वो विश्वास करना एक महीने में झुंझुना जुन प्यार एक...